हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग तो देखिए हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं आपको नज़ारा इधर उधर का ये है पेट्रोल पंप इधर आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप के में अभी हम जाएंगे सीधे नदी की तरफ नदी के ओर जाएंगे देखने में उधर अभी देखिए इधर रेलगाड़ी आ रहा है यह रेलगाड़ी जा रहा है इधर नजारा देखिए आप लोग के घर तो आप लोग बताइए कमेंट में कि जगह सब किससे लगा देख के देखने बाद पसंद आया जगह सब यहाँ ये छोटा सा तालाब है इसमें कमल से फल फल सब दिखता है इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ थोड़ा थोड़ा उधर रोड है आगे गाड़ी चल रहा है तो जा रहे हैं मेरा फ्रेंड लोग अभी बहुत दूर में नदी है तो अभी चलते चलते आपको दिखाएंगे पास में पहुँचेंगे तो इतने बड़े नदी है वहाँ पे अच्छा लगता है देखने में चलिए तो फिर वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं ये इधर देख रहे हैं यहाँ पर इतना शानदार कितना खूबसूरत मॉल है ये ये मॉल है यह बड़ा सा मॉल है या कुछ शॉप है पता नहीं है खूबसूरत सा देखने के लिए आगे चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है घास ये देखिए इधर से मेरा हाई बोल रहे हाय बोला तो हाल बोलिएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्या क्या सब ये इधर उधर आते रहते हैं क्या क्या चीज़ सब देखो ज़रा उधर का शाम के समय में इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादातर गाड़ी चलता है यहाँ पे ये जो ट्रक ग्रा है ये ज़्यादातर यही चलता है इसमें मालदा ट्रक गाड़ी सब देखिये इधर ट्रेन का पड़ रही है ये जो एनी टाइम ट्रेन आते रहते जाते रहते इसमें बहुत लंबा रास्ता है यार धूप भी कितना हो रहा है चलिए हम आगे जाकर नदी दिखाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो आप लोग ब्लॉक में बने रहिए और नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें इसी तरह न्यू बीडियो देखने के लिए ये सिलियारी साग बोलते हैं इसको जो कि इसका फूल बहुत खूबसूरत दिखता है देखने में क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है ये साथ साथ ये हरा भरा घास देख ही रहे हैं आप लोग इधर ये पेड़ छाँव यहाँ अभी बाँचने वाले हैं हम लोग ताकि धूप बहुत तेज तो आ है, तो इसलिए गर्मी आ रहा है फिलहाल अभी बैठ रहे हैं सारे यहाँ पे छांव का मजे ले रहे हैं ठंडी ठंडा हवा मिल रहा है कितना पसीना पसीना हो गया ये देखिए ये। शायद आपका दिखी रहा होगा गया यार ठंडी हवा मिल रही है इधर हेलो गाइस तो देखिए पहुंचने वाले हैं आप नदी कुछ देर में तो आपका तो हम आगे का पड़ोस दिखाएंगे जा रहे हैं घर तो आप लोग ब्लॉक में बने रहिए दिखाएंगे दिखाएँगे आगे का सीन नज़ारा सब दिखाइएगा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एन लाइक कर दीजिएगा इतना धूप भी लग रहा है वीडियो के बना रहे हैं इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नज़ारा देखने में काफ़ी मज़ा आएगा तो अब आगे कैमरा करके दिखाता हूँ हमें सुनना जा रहा कितना खूबसूरत दिख रहा है उधर वो है एक पोल जो कि गाड़ी चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे वो देखिए वहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई है ये है इधर रेलवे ट्रैक जो रेल चलते रहता है इसमें आपको रेल गाड़ी आएगी तो दिखाएंगे अभी छुक छुक छुक छुक छुक छुक लंबी लंबी ये पोल बन रहा है इधर देख सकते हैं आप लोग नजारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। फ्रेंड देखिए ट्रेन आ रहा है दिखा रहा रहे आपके देखिए नदी में पार हो गया दिखे नदी के कितना स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे